आज हम बनाएंगे वर्ल्ड फेमस हैदराबादी चिकन दम बिरयानी कच्ची अखनी की बावरची स्टाइल ऑथेंटिकबादी दम बिरयानी है जितनी ये फेमस है उतनी ही आसान है मैंने जितने भी चिकन बिरयानी के रेसिपीज अब तक बनाए हैं सबसे ज्यादा आसान यही है बस मुझे स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते जाइए हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक किलो चिकन चिकन के पीसेस मीडियम से थोड़े बड़े साइज में कट कर लें नेक्स्ट हमें इसे मैरिनेट करना है तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम दही लाल मिर्च पाउडर डेढ़ टीस्पून यानी वन एंड हाफ टी थोड़ी सी हल्दी एक आधा टी काफी है एक नींबू का रस चार टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट नमक मैं टी टीस्पून डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक टी स्पून भर के इलायची पाउडर यह ना हो तो इलायची क्रश करके डालिए चार से पांच नेक्स्ट हम स्पाइसेस देख लेते हैं चार दालचीनी के पीसेस इस साइज के यानी थोड़े से छोटे साइज के पांच इलायची चार लोंग आधा टी स्पून इसे डाल दें थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें इसमें हमें पांच हरी मिर्च डालना है लेकिन दरदरा सा पीस के डालिए इन्हें इस बिरयानी में जो गरम मसाला पाउडर हम डालेंगे उसके इनग्रीडियंट भी देख लें आप दो टीस्पून स्पून शाहरा पंद्रह इलायची आठ दालचीनी के पीस थोड़े से छोटे साइज के हैं, आठ लोंग इन चारों को पीस ले यही गरम मसाला हम इसमें डालने वाले है तभी ये परफेक्ट हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनेगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर तो हमारा तैयार है ये ज्यादा है इसीलिए हम इसका आधा ही डालेंगे आधा होगा दो टीस्पून के जितना इतना डाल देते हैं ये आपको दूसरे बहुत सारे रेसिपीज में काम आएगा पांच हरी मिर्चों का पिसा हुआ पेस्ट इसे भी डाल दें आधा कप दूध में दो या तीन चुटकी जाफरान मिक्स कर दें। इसे भी डाल दें अगर आपके पास जाफरान ना हो तो सिर्फ आधा कप दूध डाल दें अब आखिर में हम इसमें फ्राई की हुई यानी तली हुई प्याज डालेंगे ये कच्ची प्याज है चार बड़े से इसके प्याज को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है इसे कैसे फ्राई करते हैं वो भी बता देती हूँ प्याज फ्राई करने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें और इसमें तेल भी हमें ज्यादा चाहिए तभी परफेक्ट प्याज फ्राई होगी अच्छे से गरम कर लें हाई फ्लेम पर तेल अच्छे से गरम हो चुका है कटी हुई प्याज इसमें डाल दें। याद रखिए प्याज अच्छे से बारीक काट लें फ्लेम को हाई पे ही रखना है प्याज फ्राई होने पर ऐसे ही फ्राई करते जाइए इसका रंग गोल्डन हो जाएगा लेकिन बीच बीच में आपको इस तरह से हिलाते रहना है अगर आप छोड़ देंगे तो थोड़ी सी प्याज कच्ची रह जाएगी थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी या जल भी जा सकती है यह ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है इसका कलर ज्यादा डार्क होने ना दें, वरना बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाती है फ्लेम बंद कर दें और इसे निकालने इतना काफी है क्योंकि निकालने के बाद भी ये कलर चेंज हो जाता है इसका ये थोड़ा सा फ्राई होती है हीट के वजह से निकालने के बाद आपको कलर दिखाती हूँ परफेक्ट तो गोल्डन होगा ज्यादा डार्क कर देंगे तो कड़वापन आ जाता है प्याज में और बिरयानी में भी देख लें इसका कितना परफेक्ट कलर आया है इसे डाल दें थोड़ा सा क्रश करके डालिए थोड़ी सी प्याज बचा के रख लें आखिर में इसमें एक कप भर के तेल डाल दें ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी चिकन में सभी इंग्रीडियंट तो डल चुके हैं इसे हमें अब अच्छे से मिक्स करना है। चिकन के साथ सभी इंग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसके ऊपर लिड लिटन कर दें और इसे हम दो घंटों के लिए बिना डिस्टर्ब किए मैरिनेट करना है आप चाहें तो तीन या चार घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं तभी है तो। है। चिकन अच्छे से गलता है और टेस्टी भी बनता है चिकन मैरिनेट होने तक बिरयानी के दूसरे इनग्रीडियंट देख लेते हैं तो नेक्स्ट हमें चाहिए एक किलो बासमती चावल तीन से चार बार पानी से अच्छे से धो के इसे आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक पानी में भिगने रख दें। चावल को बॉईल करने के लिए एक बड़े से में तीन से में चार लीटर पानी उबलने के लिए रख दें। इसमें नमक डाल दें, से टीस्पून, आधे नींबू का रस एक टीस्पून स्पून शाजीरा चार लौंग पांच इलायची दालचीनी के दो से तीन पीसेस डाल दें थोड़ा सा तेल डाल दें दो या तीन टी पानी में उबाल आ चुका है थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल दें ज्यादा नहीं बस थोड़े डालिए भीगे रखे हुए चावल डाल दें अब पानी निथार के डालिए इसमें का कच्ची अपने की दम बिरयानी में चावल हमें ज्यादा नहीं बॉईल करना है धीरे से मिक्स कर दें इसे हाई फ्लेम पे रख दें इसे बस एक फिफ्टी परसेंट तक बॉईल होने दें इसके लिए एक दो से तीन मिनट ही लगेंगे दो से तीन मिनट हो चुके हैं फिफ्टी परसेंट तक ये पक चुके हैं तो इसे हम मैरिनेटेड चिकन के ऊपर डाल देते हैं ये पहला लेयर होगा इसके ऊपर का पहला लेयर डालने के बाद बॉईल हो रहे चावल की ओर बढ़ते हैं इसे बॉईल होते हुए चार से पांच मिनट हो चुके हैं अब फ्लेम बंद कर दें और ये पानी निथार दें। निथारने के बाद ये चावल फिर से हम इसमें डाल देंगे फ्लेम बंद कर दें पानी को मैंने ड्रेन कर दिया है आधे चावल ऑलरेडी चिकन के ऊपर हैं और बाकी आधे ये हैं। इसे भी हम अब डाल देते हैं से दूध में चार से पांच चुटकी जाफरान डाल दें और एक या दो चुटकी येलो फूड कलर जाफरान ना हो तो सिर्फ येलो फूड कलर डाल सकते हैं इसे डाल दें आप चाहें तो पानी में भी जाफरान मिक्स करके डाल सकते हैं आपकी मर्जी थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें दो या तीन हरी मिर्च काट के डाल दें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था फ्राई की हुई प्याज आखिर में थोड़ा सा घी डाल दें तीन से चार टीस्पून एल्यूमिनियम फॉइल से सील कर देते हैं ताकि स्टीम बाहर ना जाए आप चाहें तो आटे से भी सील कर सकते हैं इसे। अच्छे से सील करने के बाद लिड बंद कर दें लिट बंद करने के बाद इस विजल को हाई फ्लेम पे रख दें बिना के पांच मिनट के लिए इसके साइड बदलते रहिए ताकि हर तरफ ये अच्छे से हीट हो जाए पांच मिनट के लिए ऐसे ही करते रहिए हर एक दो मिनट के बाद पांच मिनट हो चुके हैं फ्लेम को लो पे रख दे एक दस मिनट के लिए बिना तवा के ही उसके बाद हम तवा रख के दम करेंगे दस मिनट हो चुके हैं इस वेजल वेजल के के के के नीचे हमें पुराना तवा तवा रख रख रख देते हैं अब अब रखने के बाद हाई फ्लेम फ्लेम पर एक मिनट मिनट लिए इसे अच्छे से से कर लें दें दें तवे ऊपर 30 लेके 40 मिनट तक ताकि अच्छे से दम पे पक जाए चिकन भी परफेक्टली पक जाता है इस तरह से पकाने से परफेक्ट तरीका हैदराबादी है, फेमस चिकन दम बिरयानी बनाने का ये कच्ची अफनी की दम बिरयानी है पक्की अफनी की दम बिरयानी का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है चलिए इसे ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं स्ट्रीम तो बहुत अच्छे से निकल रही है देख लेते हैं चिकन कैसे बना है दाना दाना देखिए कितना खिला खिला बना है चिकन भी हमारा परफेक्टली डन है मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूं देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है देखिए बहुत गर्म है हम्म बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है लोगों को यह डाउट होता है कि इस तरह से चिकन नहीं गलता यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से गल जाता है बाकी चिकन के रेसिपीज से भी ये और ज्यादा टेस्टी होता है फ्लेम बंद कर दें देट बंद कर दें इसके ऊपर पांच मिनट के लिए इसे रेस्ट करने दें उसके बाद इसे हम सर्व कर लेते हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी तो हमारी तैयार है गर्मा गर्म इसे खाइए दही की चटनी के साथ या बगारे बैंजन के साथ दोनों रेसिपीज़ के वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे वीडियो पसंद आए यानी चिकन दम बिरयानी का वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें कमेंट में भी बताएं शेयर करें